तो मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए देव गुरु बृहस्पति का यह गोचर कैसा रहेगा इस पर एक हम दृष्टि डालते हैं तो तुला राशि के जातकों देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपकी राशि से तृतीय भाव में हो रहा है देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में तीसरे स्थान के और छठे स्थान के स्वामी हैं तीसरा भाव जो होता है दर्शकों ये होता है पराक्रम का तीसरा भाव जो होता है ये होता है आपके छोटे भाई बहनों का तीसरा भाव जो होता है ये होता है आपके गुप्त शत्रुओं का तीसरा भाव जो होता है स्वास्थ्य संबंधी यदि किसी की परेशानी आ रही है तो ये होता है तीसरा भाव होता यदि आपके कानों में कोई दिक्कत है इन चीज़ों का है तो दर्शकों देखिए देव गुरु बृहस्पति का यह परिवर्तन आपके लिए बड़ा ही एवरेज रहने वाला है गुरु के इस परिवर्तन के कारण आप लोग अपनी स्क्रीन पर एक जो है चार्ट देख लीजिए कुंडली बॉक्स देख लीजिए तो गुरु का ये जो परिवर्तन होगा आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा वही ये गोचर आपके भाई बहनों के लिए शुभ रहने वाला है इस समय में आपको दर्शकों आपके भाग्य में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिलेगी तृतीय स्थान पर बैठे बृहस्पति सप्तम दृष्टि से भाग्य के घर को देख रहे हैं तो यदि आपके वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी चली आ रही थी तो पंचम दृष्टि चूंकि सप्तम स्थान पर देख रहे थे तो इस समय में ठीक होगी आपकी कोई विशेष पूरी हो सकती है कोई इच्छा पूर्ति हो सकती है पार्टनर के साथ बिजनेस पार्टनर के साथ यदि आपके संबंध अच्छे नहीं थे तो वो जो है मतलब ठीक करा देंगे इसके अलावा दर्शकों छठे भाव के स्वामी हैं तो तीसरे भाव में गुरु गुरुग्रह की उपस्थिति आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा लाभदायक नहीं कही जा सकती आलस्य की अधिकता रहेगी वजन अकारण आपका बढ़ेगा हर काम को टालने के टालने का प्रयास आप यहाँ पर करेंगे देखिए जो छठा स्थान होता है ये होता है शत्रु का ये होता है चिंता का तो काम की गति बढ़ाने की जरूरत है आप लोग अपने काम की गति को जरूर बढ़ाइए यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो नई चुनौतियां आपके सामने दस्तक दे सकती है दर्शकों एक बात समझ लीजिएगा जैसा एज सो सो यू जैसा बोलेंगे वैसा आप काटेंगे देवगुरु बृहस्पति के स्थान पर बैठकर कर नॉन वृष्टि एकादश स्थान को दे रहे हैं तो आय की जो स्थिति रहेगी आपके लिए ठीक रहेगी पैसा देखिए आपके पास आएगा लेकिन उन पैसों को सदुपयोग अच्छी जगह लगाना आपके ऊपर है पैसा आएगा लेकिन चला जाएगा और दूसरा बताए कि किसी के ऊपर शक मत करिएगा खुद के व्यक्तित्व को जितना ज़्यादा आप निखार सकते हैं ठीक रहेगा गुरु ग्रह के प्रभाव से इस अवधि में आप धार्मिक कार्यों में हिस्सा ले सकते हैं स्वास्थ्य में सकारात्मक कुछ बदलाव आ सकते हैं वजन आपका अचानक से बढ़ेगा आप बहुत ज़्यादा फैटी हो जाएंगे फैटी लीवर आपको हो सकता है लीवर से रिलेटेड किसी प्रॉब्लम से आप लोग जूझ सकते हैं यदि मदिरापान करते हैं तो आपको बचने की जरूरत रहेगी चोट चपेट इत्यादि भी लग सकती है कोई गुप्त शत्रु आपके सामने अचानक से सर उठा सकता है इसके अलावा कुछ मानसिक रूप से आप बहुत ज़्यादा जो है परेशान रहेंगे या मानसिक विकृति छायी रहेगी दर्शकों उपाय क्या करना रहेगा तुला राशि के जातकों को तो देखिए उपाय के तौर पर सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि कोशिश कीजिएगा भ्रामिक प्राणायाम नित्य पान से छः बार करिएगा पहली चीज दूसरी चीज़ गुरु अर्थात वजन बढ़ना अर्थात पेट से संबंधित दिक्कत अर्थात कि आपको कपाल भारती करनी ही करनी है कपाल यदि आप करते हैं तो यकीन मानिए कि आपका शरीर आपका जो है पेट आपका स्टोमक बिल्कुल ठीक रहेगा तीसरा एक प्रयोग बता रहे हैं गुरु से संबंधित गुरु कवच का पाठ प्रतिदिन आपको करना रहेगा आप अर्पित करिए विष्णु सहस नाम का पाठ हर बृहस्पतवार को आपको करना रहेगा यदि आप बहुत ज्यादा परेशान है बहुत ज्यादा परेशान है अपनी कुंडली का आप लोग विश्लेषण जरूर करवाइये आपके वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है यह भी देखना पड़ेगा दर्शकों यदि कोई रोग पीछा नहीं छोड़ रहा है तो हनुमान बाहु का पाठ आप लोग कर सकते हैं बहुत अच्छा रहेगा तो ये तो थोड़े कुछ उपाय दर्शकों को कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए और कोशिश की है कम समय में आपको बहुत अधिक कुछ बताने की दर्शकों नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में मना आइकन दबाइए और हाँ हमारे इस वीडियो को जमकर शेयर कीजिए दीजिए इजाजत मिलते अपने नए वीडियो में लेकिन दर्शकों जाते जाते वार्षिक राशिफल दो भी आप लोगों के लिए तुला राशि के जातकों के लिए पड़ा है और हर माह हम राशिफल आप लोगों के लिए बनाते हैं वो भी आप लोग जा के देख सकते हैं दीजिए इजाज़त तब तक के लिए नमस्कार Ma bari darisa.